तो गाइस यार अगर आप YouTube पर सर्च करोगे बोर्ड मास्टर बाइटी तो यार आपको YouTube पर ये चैनल ही नहीं मिलेगा क्योंकि यार बोर्ड मास्टर भाई का चैनल YouTube ने कर दिया है डिलीट अब क्यों किया किस लिए किया वो तो किसी को नहीं पता बट YouTube ने मास्टर भाई को एक मेल सेंड किया है जिस पर साफ साफ लिखा है की बोर्ड मास्टर बाइटी वी है फ्रॉम YouTube अभी यहाँ से तो पता चल रहा है की YouTube ने इनका चैनल डिलीट किया है यूट्यूब से बट ये पता नहीं चल रहा कि इनका जो चैनल हुआ है वो रीजन से हुआ है या फिर कोई गिलेज बक्स के कारण ये हुआ है क्योंकि आप यहां पर देखोगे कि इनका जो चैनल डिलीट हुआ है वो नौ बज के मिनट पे हुआ है एंड यहां पर आप देखोगे जो कि एक और चैनल डिलीट हुआ है सुजुका नाम ऐसी वो भी नौ पे हुआ है तो यार सेम टाइम आरोप दो चैनल डिलीट होना तो समझ रहे हो कुछ तो गड़बड़े जरूर कोई ना कोई बंदा बहुत डीमोटिवेट हो गया है और इस चीज पर उसने वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यार उसकी वीडियो को जाओ और फुल वॉच करो और उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करो और यार उसको फुल सपोर्ट करो